तो ये कैसे हो आप लोग मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे रहेंगे ठीक है ना भाई लोग तो आज का ये नया वीडियो है लॉन उल्फ के लिए ठीक है मतलब लॉन उल्फ में सुबह को खेल रहा था तभी मतलब मेरे को मेरे सामने एक ऐसा बंदा है जो नूप करना आ रहा था तो मैं उसको एक बार मार चुका था दूसरा बंदा तो फिर से दूसरा दु, दु, ने मेरे को डेमेज कर दिया फिर से ठीक है ना भाई लोग उसके बाद वो ग्लोबल मार के मतलब ग्लोबल मोड़ के मेरे को मारने के लिए आ तो मैं उसको एमपी से डरा डरा रहा था मतलब थोड़ा थोड़ा ठीक है ना फिर मैं ग्लोबल मार के जब इधर से स्काल मार के भागी रहा था तो पीछे से मेरे को वो मारने लगता है तो मरता नहीं हूँ मैं उसके बाद मैं इसका पीछे जाके मेड करने लगता हूँ ठीक है ना भाई लोग जब मैं इसका पीछे आता हूँ उसके बाद मेड लगाने लगता हूँ उसके बाद ये मेरे ऊपर रश मार फिर इसने मेरे को बहुत सारा डैमेज दिया उसके बाद में में तो मैं इधर मैं मेडिकट करने आता हूं मैं सोचता हूँ इसको मार के मार दूंगा लेकिन नहीं भाई ये इधर ही रुका हुआ था को मार चुका था ठीक है ना भाई तो फिर से मैं बदला लेने के लिए ले जाता दिग्लो तो उसके सामने उसके बाद मैं इसको तो ऊपर तो चढ़ के मारने लेता हूँ तभी यार साइड से निकल आता है फिर से मेरे को डेजर दीगल से वन टेप मार देता है लेकिन लगता नहीं मेरा वन टेप उसके बाद में सोचता मैं भी वन टेप मारूंगा फिर मैं इसको वन टेप मारता तो हूँ लगता नहीं यार उसके बाद में फिर से वन टेप मारता हूँ तभी भी नहीं लगता तो बाइस अगर लग गया सब्सक्राइब ठीक है भाई देखो लग गया भाई ठीक है तो अभी मैं फिर से सोचता हूँ ठान लेता हूँ कि फिर से वन टे वन टेप खेलूँगा इसके साथ तो इसके लिए मैं ले लेता हूँ दो नली हाथ में ठीक है ना मैं दो नली से बहुत ही अच्छा वन टे वन टेप मारता हूँ एंड मेरा फोन तो लेग मार रहा था उसके बाद मैं दूर से वन टेप करने का, का ट्राई करता हूँ लेकिन लेग भी लगता नहीं है उसके बाद सामने जाकर एक गोली मारता था वो भी वन टेप होता लेकिन बॉडी शॉर्ट का वन टेप होता ठीक है ना भाई लोग एंड में अगली राउंड में इतना मजा आए देखो ना पनी यार मैं इसके सामने जब मारने जाता तो हूं ये मेरे को मार देता है मेरा दिमाग तो और सटक देता है तो हमारा हो जाता है तीन तीन राउंड ठीक है ना भाई लोग इसके बाद हम लोग सोचते हैं कि हम लोग और भी इसके बदला ले ठीक है ना भाई उसके बाद बदला लेने के लिए देखते क्या कर लेते ये मेरे हाथ से ठीक है ना भाई ये लिया है ड्रैगन ऑफ ड्रेगन ऑफ लिया शायद ड्रेगन ऑफ ले भाई ड्रैगन ऑफ ले ड्रैगन ऑफ ले अरे लेना भाई चलो हमारे हाथ में आ गया ड्रैगन ऑफ गन इसके बाद अभी देखते हैं हम लोग बॉडी बॉडी मारते कैट छोट मारते ठीक है तो मेरे सामने सामने से मतलब आवाज आ रहा है कुछ आवाजें आ रहा है उसका पेड़ का ठीक है तो फिर मैं इसको वन टेप मारता हूँ लेकिन लगता नहीं है उसके बाद में ये निकल जाता है एक गोली लगता है दो गोली लगता है तीन गोली लगता है उसके बाद में स्कलर मारता हूँ एंड एक गोली में कहता भाई सब्सक्राइब बनता ठीक है ना भाई इतना मेहनत लगता है वीडियो बनाने में सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कैसे चलेगा भाई लोग यार आप लोग खुद ही बताओ सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कैसे चलेगा भाई उसके बाद में फिर से जाता हूँ अगले राउंड में लड़ने के लिए देखते हैं हमारे साथ अगले राउंड में क्या होता है उससे पहले अगर जो तो नए बंदे देख रहे हो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं हो तो लाइक कर देना ठीक है तो ये ऊपर से आता है एक गोली खाया चलो दूसरा गोली मारता लेकिन लगा नहीं इसके बाद में फेस फेंकता हूँ फ्लेश ठीक है ना फ्लेश आ, फ्लेश आ, फ्लेश डैमेज फेंकता हूँ लेकिन लगता नहीं उसको फिर फ्लेश भी फेंक देता हूँ तभी भी कुछ ही नहीं होता तो उसके बाद में देखता हूँ खड़ा होता है तो तब तो मैं वन ट्रेप का ट्राई करता हूँ ग्लोब के मारूंगा एक गोली मार दो गोली मार डेमेज देता है उसके बाद में थोड़ा सा स्कालर तो स्का था ना मेरे पास तो स्का थोड़ा बर रहा था उसके बाद मेडिकिट मार लेता हूँ मेडिकट मारने के बाद तो मैं सोचता हूँ उसको पीछे जाके मारूंगा ठीक है ना भाई तो पीछे जब मैं जाने लगता हूँ तभी साइड से निकल आता है उसके बाद में एक ग्लोबल मार देता हूँ मेरा स्कलर भी नहीं होता है जो मैं मारूंगा ठीक है तो फिर मैं इसको एक गोली डेमेज देता हूँ उसके बाद में पीछे से रश मारने जाता हूँ तब इसको एक भी गोली चिपकता नहीं एंड मेरे को मार देता है गाइस फिर मेरा दिमाग और भी हिल जाता है उसके बाद में सोचता हूँ अगला राउंड में इससे बदला लिया जाएगा ठीक है तो मैं ये अगर ये राउंड जीत गया तो आपको सब्सक्राइब कर देना एंड हमारा वीडियो आज इतना ही होगा ठीक है भाई उसके बाद एम पी फोर्टी एंड शॉर्ट गन एंड डेजेटिकल उसके बाद मैं सोचता हूँ अभी जाने का मेरे को इसको मारने का ठीक है एम पी पकड़ देने का और मारने का ठीक है उसके बाद में जब टाइम खत्म होता है उसके बाद में जाता हूँ जाने के बाद मेरे सामने दिखता है वो सामने से आ रहा है उसके बाद में मैं सोचता हूँ डेजेटिकल को वन टेप मारूंगा लेकिन वन टेप तो लगता है लेकिन बॉडी में लगता है उसके बाद में दोबारा लगाने का तो लेकिन लगता नहीं उसके बाद में फ्लैश डेमेज देखता हूँ ठीक है फ्लेश डैमेज फेंकने के बाद उसके बात भी डैमेज नहीं आते इसके बाद मैं मैं रश रश मार दूंगा अभी तो फिर इधर इधर से तो ये ही खड़ा हुआ भाई अभी देख लग जा चलो यार या।